हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अपकमिंग फ्लैश सेल्स की जो होने वाली है ऑनली ऑन फ्लिपकार्ट पर फ्रेंड्स बात करें अपकमिंग सेल की तो रियल मी नारो टेन की ये सेल होने वाली है जो कि स्टार्ट होगी 10 जुलाई दोपहर बारह बजे से तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरा रिव्यू, रिव्यू रियल मी नारो टेन का तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रियल मी नारो काफ़ी एक काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन है जिसकी अभी काफ़ी डिमांड चल रही है फ्रेंड्स ये फ़ोन ऑनलाइन ही बुक हो रहे हैं ऑफ़लाइन आपको देखने के लिए काफ़ी मुश्किल मिल रहे हैं और अगर मिल रहे हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो कल 12 बजे इसकी सेल पर आप बैठ जाएं और अपना चांस या अपना लक आजमा सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इसका रिव्यू थोड़ा ले, ले लेते हैं तो फ्रेंड्स बात करें इसकी कॉस्ट की तो इसकी कॉस्ट काफ़ी एक बजट है नाइन और जो इसके जो कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है जैसे कि 3GB जी रैम और 32GB रोम आपको मिल रहा है जो कि एक्सपेंडिबल आप कर सकते हैं फिफ्टी 256 GB सिक्स जी तक और फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी तो इसका जो डिस्प्ले है सिक्स पॉइंट इंच का है जो एक iPhone फोन की जो फोर्टी थू फोटी उससे भी काफ़ी बड़ा है तो फ्रेंड्स बात करें इसमें कैमरे की तो कैमरे भी इसमें ट्रिपल कैमरे आपको पीछे के ओर देखने के लिए मिल जाएंगे और सामने का जो फ्रंट कैमरा है काफ़ी अच्छा है आपको देखने के लिए मिल जाएगा फाइव मेगा का और दोस्तों बैटरी की बात करें तो बैटरी काफ़ी अच्छी फाइव थाउजेंड की लिथियम बैटरी है जो कि जिसके ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टाइम है और फ्रेंड्स यहाँ कुछ रेटिंग एंड रिव्यूज़ हम देख लें तो फ्रेंड्स देखिए अगर कैमरे की बात करें आप तो कैमरे को मिले हैं 3.8 जो 5 में से हैं और बैटरी को काफ़ी अच्छा 4.8 लगभग 5 भी मिल चुके हैं और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी 3.8 और वैल्यू ऑफ मनी 4.9 जो कि लगभग 5 के बराबर है और फ्रेंड्स इस फ़ोन से कुछ ली हुई फोटो के बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये पिक्स कैसी हैं तो फ्रेंड देखिए नाइट मोड में भी काफ़ी अच्छी इसकी पिक्स हैं और ये डे नाइट कॉम्बिनेशन है ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे इसकी पिक्स हैं पिक्स बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं जूम भी काफ़ी क्लियर है तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से नाइन में एक बेस्ट बजट फ़ोन है आपके लिए आप इसे परचेस कर सकते हैं और फ्रेंड्स जो फ़ोन की क्वालिटी होती है वो उसके रिव्यू से ही देखी जा सकती है तो अगर इसके रिव्यू इतने अच्छे हैं तो मोबाइल काफ़ी अच्छा ही होगा और फ्रेंड्स काफ़ी डिमांडेबल मोबाइल है और नाइन थाउजेंड रुपीज़ में तो काफ़ी अच्छा है और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो कल दोपहर बारह बजे इसे आप परचेस कर सकते हैं और फ्रेंड्स काफ़ी ऑफ़र भी यहाँ पर दिखाए गए हैं तो ऑफ़र भी हम एक बार देख लेते हैं अगर आप इसको रुपये कार्ड से आप परचेज़ करोगे तो आपको थर्टी का डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में यूपीआई से भी आपको थर्टी रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा जिसमें मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है सेवन था हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा एक्सिस बैंक अगर आपके पास बुज क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी आपको 5 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ एक बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट बात की फ्रेंड्स इस मोबाइल फोन के साथ आपको सिक्स मंथ की यूट्यूब प्राइम मेम्बरशिप भी मिलेगी जो कि फ्री रहेगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके कुछ वेरिएंट भी दिए हैं कि दो कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक मिल जाएगा सो व्हाइट में और एक आपको मिल जाएगा ब्लू में तो फ्रेंड्स दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं दोनों का लुक काफ़ी अच्छा है ब्लू का तो हमने देख लिया है वाइट भी हमने देख लिया है तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन है आपको एक बार जरूर परचेज़ करना चाहिए कुछ फीचर्स भी हम देख लेते हैं जैसे कि फ्रेंड्स इसमें फिंगर प्रिंट है आपको फिंगर भी मिल जाएगा इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है जी Helio G70 सेवेंटी प्रोसेसर भी आपको मिल जाएगा और जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो आपको टेन मिल जाएगा यू आई टेन और फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसकी जो रिवर्स चार्जिंग भी है इसमें तो फ्रेंड्स अगर इसमें रिवर्स चार्जिंग काफ़ी अच्छा फीचर्स है जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल का मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो उसकी केबल आप लीजिए दोनों साइड रिवर्स चार्जेबल अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल को भी रिचार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर्स है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ऐसे ही अपकमिंग सेल्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू फॉर वॉचिंग